साथियों नमस्कार वृषभ राशि के जातकों का अगस्त माह कैसा होगा इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं वृषभ राशि के जातकों की कैरियर कैसा रहेगा इनकी आर्थिक स्थिति अगस्त माह में कैसी रहेगी प्रेम संबंध कैसा रहेगा स्वास्थ्य कैसा रहेगा एजुकेशन इनकी कैसी रहेगी और पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे इसके साथ साथ दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप अभी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना आइकन दबाइए और अंत में वृषभ राशि के जातकों के लिए ऐसे दिव्य महाप्रयोग बताएंगे कि इस माह में यदि कुछ बाधाएँ आ भी रही होंगी तो वो स्वतः दूर होती हुई चली जाएंगी बस आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना रहेगा तो अधिक समय ना लेते हुए चलिए वृषभ राशि के जो जातक हैं इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं इस पर हम एक दृष्टि डाल लेते हैं तो एक तारीख गुरुवार को श्रावण मास की अमावस्या पड़ेगी और हरियाली तीज तीन तारीख दिन शनिवार रहेगी इसके साथ साथ पाँच तारीख सोमवार को नाच पंचमी रहेगी और सात तारीख को तुलसीदास जी की जयंती रहेगी एकादशी श्रावण पुत्रदा एकादशी जो रहेगी दर्शकों ये 11 तारीख को रहेगी 11 अगस्त को रहेगी रविवार दिन रहेगा 12 तारीख सोमवार को प्रदोष व्रत रहेगा 15 तारीख जी हां स्वतंत्रता दिवस हम लोग 15 अगस्त के दिन ही आजाद हुए थे और इस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा है तो रक्षाबंधन का त्यौहार भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है हमारी सभी बहनों को रक्षाबंधन की इस भाई की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं सत्रह तारीख को सिंह संक्रांति संक्रांति हमने आपको मंथली हर एक वीडियो में बताते आए हैं कि संक्रांति होती क्या है जैसे सूर्यदेव अभी कर्क राशि में चल रहे हैं तो कर्क संक्रांति कही जाती है जैसे ही ये स्वराशी होंगे सिंह राशि में आएंगे तो संक्रांति होगी और दर्शकों एक बात और आपको बता देंगे 17 तारीख को जब सूर्यदेव आएंगे अपनी सिंह राशि में तो मंगल के साथ इनका बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा सूर्य मंगल का पराक्रम योग बनने वाला है अट्ठारह तारीख को कजरी तीज का व्रत है चौबीस अगस्त दिन शनिवार श्री कृष्ण जन्माष्टमी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण यड़ वासुदेवा तो श्री कृष्ण जी की जयंती रहेगी धूमधाम से मनाइएगा कान की जयंती तो चलिए दर्शकों ये तो था इस माह के प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं अब बढ़ते हैं वृषभ राशि के राशिफल पर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस बार ग्रहों के गोचरीय स्थिति क्या क्या रहेगी देखिए दर्शकों राहुदेव मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं सूर्य बुद्ध शुक्र हमने आपको बताया कि जो है कर्क राशि में जो है गोचर कर रहे हैं लेकिन सूर्य देव को मंगल के साथ पराक्रम योग बनाएंगे देव गुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि में जो है इस समय संचरण कर रहे हैं गोचर कर रहे हैं शनि और केतु धनु राशि में गोचर कर रहे हैं दर्शकों चंद्रदेव की जो स्थिति रहेगी ये हर ढाई दिन में अपनी क्लास चेंज करते रहते हैं तो जैसे ही दर्शकों देखिए इसमें मेन होता है चंद्रमा का रोल चंद्रमा का रोल सबसे ज़्यादा पावर इसमें प्ले करता है जब जब चंद्रमा राहु का ग्रह दोष बनेगा जीवन में बाधाएं आएंगी आप लोग डेली राशिफल हमारा देख सकते हैं दूसरा चंद्रमा बुद्ध का जब जो है यहाँ पर कॉम्बिनेशन आएगा तब आपके जीवन में बाधाएँ आएँगी चंद्रमा के साथ शनि हो गया बिश्कुंभ हो गया अगेन चंद्रमा के साथ जो है केतु हो गया तो यहाँ पर ग्रह दोष का कॉम्बिनेशन होगा तो इन स्थितियों में थोड़ा सा आपको ध्यान रहना पड़ेगा लेकिन जब जब चंद्र मंगल एक साथ आएंगे महालक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे बहुत शुभ योग होता है चंद्रमा गुरु एक साथ रहेंगे दृष्टिगत सम्मत रखेंगे गज केसरी योग का निर्माण होगा तो काफ़ी कुछ स्थितियाँ क्या कहती हैं देख लीजिए देखिए एक, एक से सोलह अगस्त तक की यदि हम बात करें आपके जो है कैरियर के बारे में तो कैरियर का जो यहाँ पर लॉर्ड बनता है टेंथ जो है हाउस का लॉर्ड यहाँ पर बनता है आपका सेटन अर्थात शनि शनि यहाँ पर जो है देखिए तीसरी दृष्टि दे रहा है तो इस दौरान एक से सोलह तारीख तक की जो आपका परिश्रम का फल रहेगा इसमें आपको सफलता प्राप्त होती हुई नज़र आ रही है और आपको कोई नई जॉब मिलती हुई दिख रही है यदि एक जगह आप कार्यरत हैं तो दूसरे जगह आपका ट्रांसफ़र हो सकता है या किसी नई जॉब में जाने की जो है यहाँ पर संभावनाएं बन रही हैं तार्किक क्षमताएँ है आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी वाद विवाद में आप किसी के साथ जो है बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हुए नज़र आएंगे आत्मविश्वास थोड़ा सा आपका यहाँ पर डगमगाता हुआ दिख रहा है इसके साथ साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि इस माह आपके मन में बहुत ज़्यादा निराशा के बादल रहेंगे लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति हैं अपनी पंचम दृष्टि से धन के घर को देख रहे हैं तो यहाँ पर धन संबंधी बाधाएं आपकी दूर होती हुई पुनः नजर आएगी यदि आपने कोई लोन ले रखा है आपने कोई ऋण ले रखा है तो इससे आप लोग निजात पाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अचानक से शेयर मार्केट से भी आपको लाभ होता हुआ दिखेगा विरोधी जो आपके अभी तक प्रभावी रहते हुए आए हैं ये निष्क्रिय होते हुए रहेंगे आपके मन में उत्साह तथा उमंग रहेगा इस दौरान कोई मान सम्मान या पद प्रतिष्ठा भी आप लोग पा सकते हैं इसके साथ साथ दर्शकों को बताना चाहेंगे कि प्रशासन तथा प्रशासनिक कर्मियों का हो सकता है कि थोड़ा सा जो है यहाँ पर स्थिति ठीक ना हो 16 तारीख के बाद से कोई हो सकता है कि आपके ऊपर आक्षेप आरोप प्रत्यारोप का दौर लग जाए लेकिन सूर्यदेव जैसे 17 तारीख से अपनी राशि में आएंगे आपको कोई ना कोई वाहन सुख यहाँ पर प्राप्त होता हुआ नजर आएगा कोई भूमि का आप जो है टुकड़ा क्रय कर सकते हैं या किसी फ्लैट वगैरह में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कोई बहुत बहुमूल्य धातु आप लोग क्रय करते हुए नज़र आएंगे सामान्य जनों से इस माह आपका प्रेम संबंध बहुत अच्छा रहेगा कई प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आप पाएंगे आप इस माह किसी बीमारी से यदि जूझते आ रहे हैं तो उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं घर परिवार की यदि हम बात करें तो सेकंड हाउस में जो राहु बैठा है कुटुंब के घर में बैठा है तो आपसी बात विवाद करा सकता है झगड़े झंझट में करा सकता है तो इससे आपके मन में सुख शांति का अभाव रहेगा एक बात और बताना चाहेंगे कि दाम्पत्य जीवन में यदि अभी तक कोई मतभेद चला रहा था तो ये मतभेद दूर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है इस माह इस माह कोर्ट कचहरी के कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आ रही है क्योंकि जो मंगल नीच के थे इन्होंने जो आपको परेशान करना था जुलाई माह में अच्छे से किया है लेकिन अगस्त माह में ये अब आपको परेशान नहीं करेंगे रोगग्रस्त जो लोग हैं ये लोग बाहर आएंगे उस रोग से सहयोगियों के कारण आपके जो है कुछ अपने लोग आपके खिलाफ चीटिंग करेंगे 25 तारीख के बाद से तो पच्चीस से लेकर के मास के अंत तक कि यदि आपको हम बताना चाहें तो अपने जिन पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं विश्वास करते हैं उनसे ज़रूर सावधान रहिएगा इसके साथ साथ पाट में आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वो आपका कार्य चलेगा दो चीजें हैं मंगल देखिए यहाँ क्या कहते हैं फोर्थ हाउस में बैठा है लेकिन अपनी चतुर्थ दृष्टि सप्तम स्थान पर दे रहा चौरासी अपने घर को यहाँ पर देख रहा है तो यहाँ पर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं पार्टनरशिप में कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हैं इसके साथ साथ जो मंगल देव है मंगल की जो अष्टम दृष्टि है ये एकादश स्थान पर पड़ रही है तो कुछ आपको पैसे वगैरह सरकारी क्षेत्रों से प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है भूमि भवन के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी स्थायी संपत्ति की वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही है उच्च पदस्थ व्यक्तियों विद्वानजनों तथा भद्र पुरुषों से आपके मित्रता होगी पारिवारिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के जो आपके जो है मनोस्थिति चली आ रही थी इसमें कम होगा और एक चीज़ बता दें दर्शकों की कोई नया प्रपोजल खास करके प्यार का या जो है लव का प्रपोजल आपको मिलता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा छोटे भाई बहनों की ग्रोथ इस माह अच्छी संभव होगी आपके यदि हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है वहीं पर जो है एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन के लिए जो लोग स्ट्रगल करते आए हैं बाहर जाना चाहते हैं वो लोग बाहर भी जा सकते हैं वृषभ राशि के जातकों इस माह के जो सबसे सर्वथा शुभ दिवस रहेंगे ये कौन से रहेंगे तो आप लोग नोट कर दीजिए तो दो अगस्त रहेगा छः अगस्त रहेगा नौ अगस्त रहेगा दस अगस्त रहेगा पंद्रह अगस्त आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगा अट्ठारह अगस्त तेईस अगस्त छब्बीस अगस्त सत्ताईस अगस्त ये जो दिवस रहेगा आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगा वही अशुभ दिवसों में एक अगस्त तीन अगस्त चार अगस्त आठ अगस्त तेरह अगस्त बीस अगस्त पच्चीस अगस्त उनतीस अगस्त और 31 अगस्त इन दौरान आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा ये दिवस आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे इस माह के जो भाग्यशाली रंग रहेंगे आपके लिए सर्वथा सबसे शुभ दो कलर रहेंगे पहला जो कलर रहेगा ये रहेगा व्हाइट कलर और दूसरा जो कलर रहेगा ये रहेगा लाइट ब्लू कलर ये सर्वथा शुभ रहेंगे जो सबसे भाग्यशाली अंक इस माह रहेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए तो अंक दो और अंक सात ये सर्वथा शुभ अंक रहेंगे इन अंकों का प्रयोग करके आप अपने जीवन में सरलता ला सकते हैं सुगमता ला सकते हैं अब पढ़ते हैं उपाय की तरफ इस माह को आखिर में आप लोग कैसे प्रभावी बनाएं क्या ऐसे आप लोग शुभ प्रयोग करें दिव्य उपाय करें कि इस माह में शुभता में वृद्धि हो तो प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करिए धन संबंधी सारे मामले अपने आप सुलझते जाएंगे दूसरा पूर्णिमा का उपवास करना है फुल मून का व्रत रखना है फुल मून वाले दिन आपके ब्लड में नमक नहीं घुलना चाहिए नमक का सेवन किसी भी प्रकार से नहीं करना रहेगा हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन पाठ आपके जो कार्य में चली आ रही बाधाएं हैं इनको दूर करता हुआ दिखाई पड़ रहा है दूसरा एक प्रयोग बताना चाहेंगे डेली तुलसी जी के पौधे में आपको पानी डालना है बस एकादशी के दिन मत डालिएगा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना रहेगा एक अंतिम प्रयोग बताने जा रहे हैं इस माह एक रुद्राभिषेक आप लोग जरूर करवा लीजिएगा नागपंचमी के दिन भी आप लोग करवा सकते हैं या किसी शुभ मुहूर्त में आप लोग रुद्राभिषेक यदि धन संबंधी प्रॉब्लम है तो गन्ने के रस से करवा सकते हैं यदि आप बीमार रहते हैं स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है तो कुछ के जल से करवा सकते हैं जल से करवा सकते हैं दूध से करवा सकते हैं गुड़ से करवा सकते हैं सहज से करवा सकते हैं अनार के उससे करवा सकते हैं रस से करवा सकते हैं तमाम चीज़ें हैं दर्शकों तो कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइए और यदि अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी सारी वीडियो बिना किसी बाधा के आपके जो है नोटिफिकेशन में आ सके और यदि Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए दीजिए इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार